वतलो अल नब ने आदम बिलहक अब ये मामला हो रहा है कतले ना हक के सिलसिले में मुल्क में फसाद मचाने के सिलसिले में चोरी डाके के सिलसिले में क्या उनकी अहमियत है क्या उसके फिर सदाएँ है वतलो अल नबम ने आदम अबिलह और ए नबी इनको पढ़कर सुनाइए आदम के दो बेटों का की कहानी या किस्सा हक के साथ तस्कर्रबा कुरबान जबकि उन दोनों ने क़ुरबानी पेश की एक हाबील काबिल और एक उनमें से गरिए का काम करते थे भेड़े बकरियाँ चराते थे एक काश्तकार थे तो दोनों ने कुछ अपनी जिंस लेकर आए और दूसरे जो है वो कुछ अपने को जानवर लेकर आए अल्लाह के लिए नजर के तौर पर पेश किया फतबिला तो उनमें से एक की भी जो कुरबानी थी कबूल कर ली गई और दूसरी की कबूल नहीं की गई ये कैसे मालूम हुआ ये मैं बता चुका हूँ आपको कि उस वक्त का मामला यह था किर्बानी की कबूलीत की अलामत यह होती थी कि आसमान से एक शोला सा नीचे उतरता था और वो उसको भसम कर देता था गोया कि अल्लाह ने कबूल फरमा ली काला लाखुल अब जिसकी ये कबूल नहीं हुई थी उसने कहा अपने भाई से जिसकी कबूल हो गई थी हसद की आग में जल कर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा काला इन नमाय तकबल्ला मिनल मुतकीन उन्होंने कहा भाई जान इसमें मेरा क्या कसूर है ये तो अल्लाह ताली का कायदा का है कानून है वो सिर्फ बुतकीो ही से कबूल करता है लाइन बसअप यदा का तख्तुल तो नहीं अगर आप अपना हाथ बढ़ाएंगे मुझ पर चलाएंगे मुझे कत्ल करने के लिए माना बेबास तब तो भी मैं अपना हाथ नहीं चलाऊंगा नहीं बढ़ाऊंगा कि आपको कत्ल करूं यानी एक तरफा कत्ल होगा आपका इन आकाफुल्ला रब आलमी तो अल्लाह का खौफ है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है इन्नी उड़ीद वी व इसमें का और फिर मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे कत्ल कर ही दें इस इंतहा तक पहुंची जाए तो आप अपने गुनाह का भी बोझ अपने सर लें मेरे गुनाह का भी बोझ लें जो नाहक मकतूल है मुझके तो होया कि तमाम गुना उस कातिल ने अपने सर पर ले लिए तो मेरे तो घाटे का सौदा नहीं है वट डू आई स्टैंड टू तो लूज आखिर मेरी कोई खतए हैं मेरी कोई गलतियां हैं कोई गुनाह मैंने किए होंगे अगर आप नाहक मुझे कतल करेंगे तो मेरे उन तमाम गुनाहों का बबाल आपके सर आ जाएगा तो मेरे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं इन उड़ीदू अब इसमी व इसमे होगी तरफ से आपको कि फिर आप हो जाएंगे जहन्नमी और यही बदला है सख्तरी अब उसके नफ्स ने आमादा कर ही लिया उसे अपने भाई के कत्ल पर यानी समझिए कि है उसके अंदर भी वो तो रहता है नाक ना, और की एक कशाकश और नेकी और बदी का गलबा कत्ल करूं या ना करूं आखिर भाई की बातें भी आई हैं वो दिल नशीन है लेकिन यह नफ्स जो है उस वक्त उसके अंदर जो भी शैतनत घुसी हुई थी उस नफ्स ने उसे आमादा कर ही लिया अपने भाई को कत्ल करने पर फ़कतल तो उसने उन्हें कत्ल कर दिया फासबा बिन हो गया तबाह हो जाने वालों में फबासी यह पहला खून है जो नस्ल आदम में हुआ है तो अल्लाह ताला ने तव्वे को भेजा वो जमीन को कुरेज रहा था अब इसे काबिल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अभी लाश जो है भाई की इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करूं तो अल्लाह ताला ने एक कवे को भेज दिया वो जमीन में जैसे आपको मालूम है चोंच से मारता है उसमें से कोई दाने निकालता है वो देखा या बहुत ले होता कि अल्लाह उसे दिखा दे कैफ युआई शाव ताखी कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए थी नव अपने भाई की लाश को छुपा देता बिन बिन इस चीज पर उसके अंदर बड़ी शदीद बदामत पैदा हो गई कतम नलामाहीजिल दोनों तरफ लगता है बिन अजल और हमने इसी वना पर पर यह बात लिख दी थी कत्ले हमने तौरात में लिख दिया था कि यह इतनी बुरी है। किसी एक, एक इंसान का कत्ल करना भी और अगर किसी ने किसी को किया बगैर किसी के में बगैर किसी ने कत्ल किया कत्ल के जवाब में किया जाए तो यह कत्क नहीं है या कोई शख्स जमीन में फसाद मचा रहा है उसमें उसको कत्ल किया जाए यानी कोई कसूरवार है मुजरिम है उसको सजा देने में कतल किया जाए तो बात और है किसी बेकसूर इंसान को अगर कत्ल कर दिया गया फकान नमा कतल नाश जमी तो ये ऐसे है जैसे कि उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया पूरी नौ इंसानी को क्यों कि तमद्दुन की जड़ कट गई एहतरा में जान एहतरा में माल यह बुनियाद है तमदन की वमन आहिया और जिसने एक इंसान की जान बचा ली फकान नमा से जमी आ तो गोया कि उसने पूरी नौ इंसानी को बचा लिया वाल बिल्बय नाथ उनके पास हमारे रसूल आए थे वादे निशानियाँ और तालीमत लेकर लेकिन इसके बाद भी इनमें से बहुत से लोग हैं कि जो जमीन में इसराफ और फसाद और दस्तराजी करते फिर रहे हैं